की करे च तुराई तो करम तारे फुमटे दान भाई करम का फुमटे दान भाई जरा सब जोड़ से कि सजाए रे करम का रे फुमटे नान भाई कागज हो तो सब कोई बात करम सी सीत मज के कारण बन को गए तेरा घोरे करम का देख मिटे नारे भाई कोई ला करम काले खुन के नारे भाई काहे मनोआ धीरज खोता काहे तू ना के अपना सोचा कभी नहीं हो करम का फुलटे नार भाई कोई बात करे चोराई करम काुलटे नार भाई करम काुलटे नारी भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे